चली जा रही है उम्र धीरे दीर धीरे चली जा रही है उम्र धीरे दीर धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे हर पहर धीरे दीर धीरे घड़िया तो धीर धीरे चली जा रही है उम्र धीर धीरे चली जा रही है उम्र धीर बचपन बीती जमानी भी जाएगी बचपन बीती जमानी भी जाएगी बूढ़ा का होगा, बूढ़ा का होगा। असर धीरे धीरे चली जा रही है धीरे धीरे हर घड़िया तो पहर धीरे धीरे हर घड़िया तो पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा गी तेरी गीते तुम्हारी कमर धीर धीरे चली जा रही है उमर धीर धीरे शिलियंग होंगे एक दिन तुम्हारे शिथिलयोग होंगे एक दिन तुम्हारे शिथिलयंग होंगे एक दिन तुम्हारे फिर मंद होगी तेरी नजर दिरी धीरे दीर हर घड़िया तो पहर धीरे दीर चली जा रही है उम्र धीरे बुराई को कयापने मन से हटा लो बुराई को कयापने मन से हटा लो बुराई बुराई कने मन से हटा लो बन जाए तेरा जीवन धीर धीर चली जा रही है उम्र धीर धीरा भजन कर का पल पल तुमारे भजन कर हरी का पल पल तू प्यारे जन कर हरी का पल पल तू प्यारे मिल जाएगा वो मिल जाएगा वो सजन धीर धीरे चली जा रही है उमर धीर धीरे हर घड़िया ठो धीर धीरे हर दीर धीरे धीरे चली जा रही है हमारे धीरे धीरे